अरे कान खोलकर सुनो, का खोल सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ कान खोलकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ बदलता हूँ विष्णु जी का दशम रूप मैं परसुराम मत वाला हूँ ना कालिया के फनपे मैं मर्द करने वाला हूँ जिंदा गाड़ दिया मैंने जिंदा का दिया कितने अधर्मी है। चुन -चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त की प्यास पार्थ के सब पीछे हट जाते थे रण के को लाशों से पट जाते थे धर्म राज के शीश के ऊपर मुकुट की छिया थी पर सारी दुनिया जानती थी ये बस